हेलो गाइस वेलकम बैक आवर चैनल प्रीमियर आज हम आपके लिए एमसीयू सी की अपकमिंग सीरीज लोकी सीजन टू का रिव्यू लेकर आए हैं लोकी सीजन टू कब आएगा और इसमें क्या नया देखने को मिलेगा लोकी के लिए फैंस का इंतजार अब खत्म हो गया है क्योंकि डिज्नी प्लस ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है की कि लोकी का सीजन टू आने वाला है लेकिन सवाल यह है की इस बार लोकी क्या करेगा और कब आएगा तो चलिए हम सबका इंतजार खत्म कर देते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं यह सो मार्बल यूनिवर्स में एक पॉपुलर कैरेक्टर लोकी पर बेस्ड है लोकी मार्बल का सबसे धाकर और बैड कैरेक्टर में से एक है इसके फर्स्ट सीजन में हमने लोकी को अल्टरनेट टाइमलाइन में देखा जहां वो टेसरेक को चुराता है और फिर के हाथ लगता है इस सीजन के एंड में हमने देखा की एक नया इंट्रोड्यूस किया गया कैंग द कॉन्कर जो एक टाइम ट्रेवलिंग विलन है और अब सीजन टू में कैंग का रोल और भी बड़ा होने वाला है कैंग का रोल ऑलरेडी एंट मैन एंड दॉ क्वेंटाइनिया में भी देखा गया है कैंग का कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल और डेंजरस है इसलिए यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कैंग से कैसे डील करता है अभी तक लोकी सीजन टू के रिलीज डेट के बारे में कोई नहीं किया गया है, लेकिन हम सभी जानते हैं है और फैन इसके लिए बहुत कर और हमें और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी और कैरेक्टर्स देखने को मिले इस शो के कास्ट बहुत टैलेंटेड है और फैन सभी को बहुत पसंद करते हैं टॉम हेडिस्टन लोकी के रोल में बहुत इंप्रेसिव है और इसके अलावा हम चाहते है की सीजन टू में भी बहुत से नए और टैलेंटेड एक्टर्स काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करें। हम सभी को लोकी सीजन 2 का इंतजार है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमें इसका रिलीज पता चलेगा। लेकिन अगर हम रिपोर्ट और संभावना है अब यह तो सिर्फ गेस वर्क है लेकिन फैन को इस बात का इंतजार है ओवरऑल लोकी सीजन टू के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम ही है अभी तो हमें इस बात का इंतजार है की मार्बल स्टूडियो और लोकी के क्रिएटर इस सीजन में और क्या लाएंगे अब बस हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इस बार लोग क्या कमाल करता है जब भी यह शो रिलीज होगा हम सभी इसे एक्साइटमेंट के साथ देखेंगे और इसके नए एपिसोड्स को एंजॉय करेंगे आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हद तक आइडिया मिल गया होगा आने वाले इस वेब सीरीज के लिए ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल प्रीमियर प्रिव्यू को सब्सक्राइब करे और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग